पानी पी और चैनल लगा लो बेटा ये सब सीमेंट साफ इकट्ठी कर लो

तो चैनल लगवा लो चैनल चाल नहीं हो देखकर दो ही तरफ का

cause shaking luna beneath try to take me alive